आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहसन पर हम सभी इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं भाग्य विधाता ने स्वयं हमारा भाग्य बनाया है और वो हमारे पिता हैं एक पिता अपने बच्चों का भाग्य कैसा लिखेगा सोच लें स्वयं भाग्य विधा तो हमारा हो गया उसने भाग्य बनाने की विधि भी हमें बता दी याद करें इस जीवन में बाबा से हमें क्या क्या मिला हो अगर हम उन प्राप्तियों को याद करें उन सुंदर घटनाओं को याद करें उन सुंदर अनुभूतियों को याद करें जो बाबा के साथ हुई हैं। जो इसी पर कदम रखने से प्राप्त हुई है तो मन प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएगा सचमुच दिव्य बुद्धि प्रदान की है बाबा ने हमें सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि वो हमारा साथी बन गया है जीवन साथी जीवन की यात्रा पर हमारे साथ चलने वाला साथी सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान ही हमारा हो गया उसने बहुत सुख दिया जन्म जन्म के कस कर लिए कुछ हमने चाहा था भक्ति में वो सब उसने दे दिया है हम तो भूल गए हमने क्या चाहा था उसे सब पता था उसने सब कुछ दे दिया हमारा तीसरा नेत्र खोला सोचें सत्य ज्ञान के लिए हम तरसते थे भटकते थे खोजते थे सत्य स्वयं चल हमारे द्वार पर आ गया कुछ भी जानना शेष नहीं रहा सारी गुत्थिया खोल कर रख दी स्वयं तो वो पढ़ा नहीं आ गया पर परम शिक्षक बनकर और परम सदगुरु बनकर हमारा हाथ पकड़कर हमारी जीवन नैया का खिवैया बनकर हमारी जीवन नैया को कहने लगा सरल ला दी जीवन में हम ये सीख ले कि उसके हाथ तो नहीं या सौप कर हम निश्चिंत हो जाएं अपने बहुत सारे उसको देखकर हल्का हो जाएं याद करें बाबा ने दृष्टि देकर क्या क्या अनुभव कराए याद करें उसने क्या क्या वरदान दे दिए उसने क्या क्या शक्तियां मुझे दे दी हैं किस किस समय पर हम उसकी मदद के पात्र बन गए सचमुच जो कुछ उसने हमारे लिए किया चारों युगों में भी सब ने जो कुछ हमारे लिए किया हो वो मिला भी दे तो भी कम रहेगा हजारों गुना ज्यादा लाखों करोड़ों गुना ज्यादा उसने हमारे लिए कर दिया हमें अपनी संपूर्णता की राह दिखा दी दि, हमारे दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन करा दिया कितनी सुंदर ये प्राप्तिया है जिसको देखने के लिए मन भटकता था जिसकी क्षणिक झलक पाने के लिए तरसते थे वो हमारे सब मुख आ गए लो ले लो ले जो चाहे मुझसे लेना और इतना ही नहीं दे दिया है तो अपने सुंदर अनुभवों को याद करके प्रभु प्रेम में मग्न रहने का अनुभव करें आज सारा दिन हम याद करते रहेंगे बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है पर्सनली भी हरेक को बहुत कुछ दे दिया है राजी हो गया है भगवान हम पर बार बार याद करेंगे और राजी होकर कह रहा है बच्चे जो चाहे ले लो मैं भी तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा हम लेते चलें और जैसे बाबा दूसरों के संपूर्ण स्वरूप को ही देखता है उसे ख्याल रहता है वर्तमान स्वरूप इनका चाहे जैसा भी हो तब वो दिन जल्दी आ जाएगा जब ये अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे हम भी एक दूसरों को देखते हुए आज उनकी संपूर्ण स्थिति में देखेंगे सबको कि आज ये कुछ हैं, कल ये संपूर्ण बन जाएंगे और हम सब आत्माएं घर चलेंगे तो आज अपनी प्राप्तियों को याद करते हुए अपने और दूसरों के संपूर्ण स्वरूप का एक विजन बुद्धि में रखते हुए अभ्यास करेंगे हम सब बाबा के साथ उड़कर घर जा रहे हैं और पहुँच गए उस चयन और विश्राम की दुनिया में जो हमारा अपना घर है जहाँ बहुत सुख है कुछ देर वहा बैठ कर, इस सुख की शांति की अनुभूति करेंगे ओम